अच्छा बना नमस्ते भाई और बहनों आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है पूजा और बहल्लू ब्लॉग में अभी सवेरे का टाइम है गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरे को रात को थोड़ा सर्दी सा लगा है इसलिए हवा जैसा हो गया है तो हम बनाने जा रहे हैं आज मटर और आलू और कोभी का सब्जी तो आप सभी को शायद पसंद आए और अपना बिहारी तरीके से यहाँ पर मैंने देखी सारा मटर छिल रेडी कर लिया है के तो तो होते हैं कीड़े तो गोभी के इधर घुसे रहते हैं इनमें तो मैं अभी इनको काट लेती हैं अच्छा से तो हम लोग ने यहाँ पर गोभी तो यहाँ पर मैंने सारे आलू को भी अच्छे से तो यहाँ पर देखिएगा आलू सारे काट लिए मैंने अच्छी तो तरीके से गैस जला दिया है अभी यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा देते हैं हम तो कढ़ाई को गर्म होने में तो थोड़ा टाइम लगेगा तो पर मैं तो चुका है देखिए अच्छा तरीका से जो हरा अच्छा था थो थोड़ा थोड़ा पीला हो चुका है कि मैंने यहाँ पर निकाल लूँगी अगर इसको यहाँ पर इस प्लेट में निकाल लेती हूँ गोभी भुजने के लिए तो यहाँ पर गोभी भूज लेते हैं अच्छा से तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक लिया है ये गोभी में अच्छे से लग जाए इसके लिए दिया है और यहाँ पर निकाल के दिखा रहे हैं आपको गोभी छोड़ेंगे यहाँ पर देखिए अच्छे से पक चुका है तो मैं आप उसको निकाल लेती हूँ प्लेट में के निकाल लेंगे तो मेरा तो गैस और चूल्हा उल्टा रखा हुआ है तो इधर अच्छा से दिखाई नहीं देता ना इसका जैसे लाइट का ही फोकस सिर्फ मोबाइल में ही आता है तो उजाला में करके दिखाती हूँ देखिए ऐसे पकाए दोनों चीज़ा भी हो गया है इधर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अदरक ले लिया है गिलास में गिलास में ही कूटूँगी आज तो मैं मैं ज़्यादातर गिलास में ही कूटती हूँ क्योंकि सील थी बहुत मिर्ची भी ले लिया है और अदरक और लहसुन चलते हैं आलू की तरफ कैसा हुआ आलू से पके कि नहीं पके आलू को देख लेते हैं यहां पर देखिएगा अब आलू निकाल लेती हूं मैं आलू को बहुत कम हो गया पकते पकते मैं निकाल लेती हूं यहां पर सब्जी दि, भी तड़का था और अच्छे से हो चुका है अब तो हम इसमें डाल लेते हैं टमाटर अब मसाला के साथ इसमें ऊपर से थोड़ा सा मसाला डाला है जो चिकन मसाला होता उसी को डाला है तो मैंने यहाँ पर पानी डाला तो देखिए यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए बर्तन भी ना इसलिए हाथ ठंडे है, थंड़े है। मैं दिखा रही देखिए अच्छा बना आ,